तो फाइनली दोस्तों मैं मसूरी पहुंच चुका हूं और ये देखिए इसे मसूरी लाइब्रेरी के नाम से जानते हैं मसूरी लाइब्रेरी है जिसका इस्टब्लिश 1843 में हुआ था 1843 में जिसका इस्टब्लिश हुई थी और यहां से यकीन मानिए इतना ख़ूबसूरत है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा है पहली बार देख रहा हूँ कि इतना ख़ूबसूरत भी कोई जगह हो सकती है इसी चीज़ें से फिल्मों में देखी गई थी मेरे द्वारा तो मैंने तो सिर्फ फिल्मों में देखा था अब मैं आपको दिखाऊंगा एक स्पॉट है ये सेल्फी स्पॉट जहाँ से आपको सब कुछ नीचे का दिखाने की कोशिश करेंगे कैसी पहाड़ी है क्या है ये देखिए यहाँ से वहाँ तक तो पूरी पहाड़ी ही पहाड़ी है और यहाँ पर ठंडे का माहौल बहुत है अभी देहरादून में था तो मुझे गर्मी लग रही थी लेकिन अभी यहाँ आया हूँ तो इतनी ठंडी हवा चल रही है कि मुझे अब ठंड लगने लग गई है डॉक्टर नगर में तो डॉक्टर कत जो बंद है तो बंद है जो संभल रहा है बंद है तो बंद है और वो भी हमारा सब करना है आशु बैठो तो यहाँ पर आगे चल आगे चल के थोड़ा सा आगे का माहौल देखते हैं क्या बनता है वहां पर भी शायद कोई ऐसा आगे स्पॉट हो तो हम देखने में अच्छा लगेगा लोग बाहर से आ रहे हैं जा रहे हैं चहल पहल हो रही है तो इसके लिए अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे भी कुछ ऐसा इस्पॉट हो सकता है देखने के लिए इसीलिए आके चलकर देखते हैं कि आगे स्पॉट है या नहीं है तो इसी जगह है देखने के लिए कुछ अच्छी सी पहले तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जब मैं देहरादून से निकला था तो बहुत परेशान हुआ था यहाँ आने के लिए किसी ने मुझे कहा कि आईएसबीटी से बस मिलेगी किसी ने कहा कि प्रेम नगर चौक से बस मिलेगी और किसी का कहना था कि और किसी ने मुझे कहा कि रेलवे स्टेशन से बस मिलेगी लेकिन हम क्या इंदौर वाले हैं सबसे पहले हमें यही पता होता है कि बस अगर लेना हो कहीं से भी तो हम सीधे निकलने पहुंच जाते हैं रेलवे स्टेशन क्या हमें पता है और वही सही है क्योंकि बस मुझे रेलवे स्टेशन से मिली रेलवे स्टेशन के जस्टों सामने गाड़ी वाला एक डिपो है बस डिपो वहाँ पर लाइन भी लाइन में खड़े होकर मैंने टिकट लिया है मसूरी का उसके बाद मैं मसूरी आया तो अब ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं रेलवे स्टेशन के जसरे सामने ही एक बस डिपो पड़ता है उस वहीं से आपको बस मिल जाएगी और आप सीधे बस में बैठकर कर मसूरी आ जाएगी बस का ज़्यादा किराया भी नहीं है एक व्यक्ति का पैंसठ का टिकट होता है यहाँ आने का इधर तो सिर्फ पार्किंग एरिया है यहाँ पर देखने के लिए कोई ऐसा इस्पॉट नहीं है हम थोड़ा सा मार्केट एरिया में चलते हैं दूसरी तरफ मार्केट है वहाँ पर आपको मार्केट दिखाते हैं होटल है लेकिन मैंने यहाँ पर बहुत है। सब कुछ बहुत बाथरूम भी दिया आपको बात दूर है सब दूर वातल वातावरण है, बातल है।